यह वीडियो भी काल्पनिक है पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए कहीं और लीजिए और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए थैंक यू तो स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त कृपा सुन सिंह और हम लोग आज जा रहे हैं खैरा खैरा स्तु पटना और ये है खैरा जंक्शन हमारे बाप को मत से क्या और यहाँ मुझे दो मोटी सी क्यूट सी लड़की दिख रही है चल चुट ये और कोई नहीं मेरी बहन है तो देखिए <laughs> हम लड़के है जनाब परिवार की जिम्मेवारी हो या बेग का जिम्मेवारी हमें ही उठाना पड़ता है मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कत मेरी दो नमूना बहन है एक जो फोटो खिंच रही है और यहाँ एक फोटो जो घिंचवा रही है में। और दीदी अपना मोबाइल चला रही थी और मैं बैठ कर अपना तब तो मुझे मन नहीं लगा था तभी स्टेशन आ गया मैं उतर कर बाहर जाने लगा देखने के लिए के बाहर भीड़ है की नहीं है फिर अंदर जा ही रहे थे तभी एक अंकल खाना खा रहे थे अबे तुमको समझ नहीं आता मैं खाना खा रहा हूँ तुम वीडियो बनाते हो मेरा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं हम लोग फिर आसानी से अपना चले गए लोग और बैठ गए अपने सीट पर तभी हम पहुँच गए पटना में यह था पटना का हाईवे और उसके बाद मिला मुझे एक हरा भरा सा कोई घर सब दिख रहा था घर था नहीं लेकिन अब मुझे पता नहीं ये है क्या लेकिन उधर देखने से लग रहा था कि वो फ्लैट के लिए बना हुआ है अपुन भी कभी इधर फ्लैट लेगा अपना भी कभी समय आएगा हर किसी का दिन आता है अभी मत कहिएगा कि हर कुत्ते का दिन आता है हम कुत्तों से बात नहीं करते और ये था पटना का पावर प्लांट उसके बाद हम लोग उतर गए ये हम लोग का ट्रेन और हम लोग की ट्रेन है और उसके बाद हम लोग जाए लगे एकदम स्टेशन में पूरा उस समय भीड़ हो गया था और जाए लगे लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ था तभी एक लड़की मुझे दिखी किसी के यादों में खोए हुए। ये। है ये उसके बाद हम लोग अपनी मंजिल की तलाश में चले गए लोग और हम लोग का जो स्टेशन था वो था दीघा ब्रिज हॉल्ट क्या बात है फाइनली हम लोगों ने गाड़ी पकड़ लिया और जाने लगे लोग गांधी मैदान की तरफ तभी हम लोगों को रास्ते में गोल दिखा अंजलि बोल रही थी गोलघर तक घूमने जाना है लेकिन हम लोग नहीं गए लोग क्योंकि जाना था हम लोगों को म्यूजियम घूमने के लिए और भूख भी काफ़ी तेज लग गया था तभी हम लोग को दिखे एक बर्गर वाले भैया सर ये तो टट्टी है उनके पास तीन बर्गर बनवाए लोग और बर्गर बनवाने के बाद गांधी मैदान में बैठ खाना चालू कर दिए लोग तो हम लोग बर्गर खाने के बाद पहुँच गए लोग दायनासौर देखने के लिए म्यूज़ियम में नकली दानाशोर था और यहाँ बहुत सारे फेड़ पौधा लगा हुआ था फूल और विभिन्न भी विभिन्न प्रकार का फूल लगा हुआ था और पहुँचे लो फिर उसके बाद म्यूजियम के भीतर यहाँ बहुत सारी मूर्ति मूर्तियाँ बनी हुई थी जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति थी और भी मतलब कोई किसी किसी का मूर्ति बना हुआ था ये श्री कृष्णा सिंह जो और मतलब बहुत लोगों की मूर्ति फ़ोटो मतलब पुरानी पुरानी बहुत सी फोटो लगी हुई थी फोटो देखे लोग एन्जॉय किए लोग तभी मुझे एक दिखा अनोखा सा चीज़ गांधी जी का है राइटिंग जिन जो मेरे से ही बेकार था मैं सोचता था कि पहले मेरा ही बेकार लेकिन उनका मेरे से ही बेकार था राइटिंग तब हम लोग चले गए लोग ऊपर ऊपर जाने के बाद देखे वहां सब ग्लास की चीज़ें बनाई गई थी वहां एक ग्लास में मेरा कि देखिए कितना फोटो दिख रहा है एक शीशा में कितना फोटो दिख रहा है मेरा फिर वहाँ गए थे यहाँ पर चालीस मेरा शक्ल दिख रहा था एक में एक बार में फिर गए लोग उसके बाद एक और बना हुआ था ग्लास का हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशल बना ही हुआ था फिर चले गए लोग भूल भुलैया में अंदर जाने के बाद पता ही नहीं चल रहा था किधर जाना है किधर बार बार शीशा में टकरा जा रहे थे लोग फिर आगे बढ़े फिर टकरा गए अभी देखिए जा ही रहे थे तभी पता ही नहीं चला था किधर जाना है सब चीज़ सेम ऐसे दिख रहा था हर जगह दरवाजा ही लग रहा था लग रहा था सब दरवाजा ही है इधर से ही जाना है उधर से ले ही जाना है लेकिन पता नहीं चला किधर जाए लोग हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए दरवाजे शीसा को छूते छूते बाहर निकले लो। वहाँ सिंगल लोगों के लिए मेरे जैसे सिंगल लोगों के लिए बनाया हुआ था जहाँ आप अकेले बैठ कर खाना खा सकते हैं अपने सामने चार लोग दिखेंगे कि चार लोग खाना खा रहा है <laughs> वहाँ पर मैं बैठकर ऐसे फोटो खींचने लगा अपना तभी मैं पहुंच गया वहाँ का फिल्म सिटी में फिल्म सिटी यहाँ सब जैसे हरा पर्दा पर जो काम होता है वहाँ चीज बनाई गई थी देखिए हरा हरा पर्दा पर जैसे लगाने के बाद सब गायब हो जा रहा था अरे सर क्या बात है उसके बाद मुझे दिखा यह पेंटिंग जहाँ मुझे एक लड़की आँख मार रही थी ऐसा तो कोई नहीं मारता है लेकिन ये पेंटिंग लड़की मुझे आँख मार रही थी तुम्हारा मुँह बिल्कुल आया वहाँ पर बना हुआ था पता नहीं ये कैसा है देखिए कैसे हिमखलन होता है इसके बारे में बताया गया था और ये जब भालू है मैं उसके बीच में जाकर तब वीडियो शूट कर रहा था काफ़ी देखने में यहाँ एक और चीज़ बनी हुई थी जिसमें दिख रहा था कि कैसे मतलब उत्पत्ति हुई है कैसे कैसे बना हुआ है सब इसमें लाइव साइकिल दिख रहा था और मुझे वहाँ दिखाई एक अनोखा चीज़ दस देखिए तो कुछ अलग दिख रहा था दस देखिए तो कुछ अलग दिख रहा था लेकिन कमाल था यहाँ शीशे का फिर मैं चला गया एक और जगह जहाँ मेरी फ़ोटो बहुत जगह बन रहा था यहाँ आपको अकेला फील कभी नहीं होगा आ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप और ये है अंतरिक्ष विज्ञान और भूगोल विज्ञान जहाँ पे जो जो चांद पर गया है लोग उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी ऐसे तीन मूर्ति मुझे दिखी और यहाँ पे जो तारा का जो बंदा है वो सब बना हुआ था क्या बोलते हैं उसको याद नहीं है मुझे नाम और यहाँ एक अनोखा चीज़ दिखा जहाँ एक सीधा रोड था सीधा पाइप था और वो एक कैसे ग्लास में इतना तिरछा करने के बाद भी एकदम आसानी से निकल जा रहा था मुझे एक सबसे अनोखा लगा है देखने में उसके बाद मुझे दिखा भूगोल में ये क्या बोलते हैं इसको पृथ्वी पृथ्वी के जो ती, जो तीनों लेयर है तीनों लेयर दिखा और यहाँ पर ये शायद डी बना हुआ था मुझे पता नहीं शायद डी एन ए ही है और बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पर तभी मुझे वहाँ पर एक और चीज़ दिखा जो कोशिका होती है कोशिका के अंदर जो जो चीज़ बना जो जो चीज़ रहता है वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई थी और बताया गया था कि क्या क्या है तभी मुझे वहाँ दिखा मानव दांत किसी गदांत निकाल के रख दिया था लोग भाई कि जब लग रहा था देखने में और उसके बाद दिखा जो मानव का है जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है आदि मानव से मानव बना है सब उनकी खोपड़ियाँ रखी हुई थी न जाने कहाँ से लेकर आया है लो। नहीं नहीं नहीं कुछ तो है ज़रूर कोई कोई ना लोग और मुझे वहाँ पर देखे दो लोग मछली मार रहे थे लो। लोग आज खाने में मछली का प्लान इसीलिए मछली मार रहे थे लोग भाई मछली है अरे मछली उसके बाद दिखा मुझे वहाँ पर लाइफ साइकिल और मुझे पता नहीं ये क्या है ऐसे में देख रहा था सब सा अनोखा दिखाई मुझे भाई साहब जो बिना कपड़े खड़े हुए थे तब तो मैंने ला दिया भवंडर भवंडर यह भवंडर टिपने के बाद चल हुआ था भवंडर उसके बाद चला गया मैं खेल विभाग में और यहाँ पे सब बच्चों के खेलने की सामान रखी हुई थी बहुत सी चीज़ें थी जहाँ पे ये बच्चों का सपनों का घर जो बच्चे सपनों में देखते हैं रियल में बनाया गया था यह है उनका सपनों का घर कभी हम भी देखा करते थे हम तो खैर बच्चे नहीं रहे लेकिन फिर भी देख के इंजॉय करने में क्या जाता है भाई पैंतीस रुपये देखे गए थे भितर और यहाँ पे बना हुआ था फ़ोटो खिंचवाने के लिए और वहाँ पे देखिए वो बच्ची खेल रही थी इतनी बड़ी बच्ची तभी मुझे यहाँ पे दो सै बच्चे दिखे जो गाड़ी को ऐसे ऐसे घुमा रहे थे तो बचपन से मेरा बाप बदमाश था मैं जी फिर मुझे दिखा ये जिसमें रॉड कैसे किया था करंट वाला मैं करने लगा कर ही रहा था तभी पता चला कि उसका जो स्कूप है वो धीला है आप वो देखिएगा देखिए ढीला है ढीला है तो कहाँ से जाएगा घुमाने में से घुमा रहे लोग घूम जा रहा था तो कहाँ से हो पाता नहीं हो पाया तभी लाइट ही चला गया म्यूजिक उसके बाद हम लोग आगे नीचे जहाँ पे दिखा मुझे बिना पाइप का नल में से पानी आ रहा था वाह गजब तभी जो प्रेम के जोरी, यानी क्या? गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है कुछ नहीं तभी वहाँ दो लोग रास्ता कस्से खेल रहे थे जो बचपन में नहीं खेले थे अभी अपना शौक पूरा कर रहे थे मेरे साथ कोई खेलने वाला आया नहीं तैयार हुआ नहीं इसलिए मैं भी नहीं खेला भारी हो हो गया सर। हो गया। सर, एकदम उसके बाद एक बच्चा देखो तुत बात कर रहा है तभी दो बच्चे यहाँ घींच रहे है इससे नहीं घिंच मैं बोला मैं घींचूंगा इसको अपने सबसे मोटी वाली बहन को उस पर चढ़ा दिया और घीचना चालू कर दिया जितना हाइएस खींचा जा सकता था मैंने उसको घींच दिया पूरा ऊपर तक देखिए काफ़ी ज़्यादा भारी 90 केजी की है 90 केजी बाप रे बाप लग रहा था घींचने में कितना भारी घीच रहा हूँ मेरा पूरा हाथ लाल हो गया आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, आग लगा दी आग... तो हेलो गाइस, मैं फाइनली आ गया हूँ अपने पटना भैया जी के रूम पर आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा जाम आज की सरस्वती पूजा की विसर्जन इसीलिए तो अब आ गए हैं अब काफ़ी थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि उतने समय तक पीठ पर उतना भारी बेग लाते कोई लेके आएगा थकावट तो होगा ही तो अब खाना वाना खाएंगे खाना बन ही बन ही रहा है अब मेरा ऑल टाइम फेवरेट पनीर बन रहा है भैया जी को पता था कि मैं आने वाला हूँ तो पनीर तो बनेगा ही ना <laughs> तो कल फिर कहीं जाएंगे घूमने के लिए तो मिलते हैं कल का ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, कीजिए, कीजिए, कीजिए शेयर लाइक कमेंट और क्या कीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय हिंदुत्व है लगा हुआ, जो लिखता हर बात पे